さんかのわに बाहर आ गया सब बटोरे रहो तुम बस मछली बहुत है लोड आँख ना पाओ तो बताओ तो पर थाली आइए अरे यह कहाँ आई गे ते ते ते उठाओ पर ते ते नाम दे दे उठाओ अच्छा बच्चों में वो तीनों में लगा हुआ दिए थोड़ी जाओ <laughs> तो जा ना हो। हम परेशानी हाँ अच्छा बताओ ये ये। है बच्चा जितने क्या रहा बताया तो नहीं, नहीं। अभी है बड़ी बड़ी हैं? हो कम चलोली बताओ है कई बताओ बात अहमदाद कर नहीं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 ये तो ये चलो फिर तो हाँ तो तो तो बच्चा बड़ा भाई बच्चा खाते थे वो न तो ऐसे है इधर तक रहे सारा पैरा है जो उठे बाल लाऊंगा खरिया लाऊंगा खरिया वो सिकुड़ जाएगा उनका पकड़ बताइए तो नहीं पता ना मिलेगा पैरा अब चल लो लो तुमको पकड़ो तो कर रहे वो बच्चा बच्चा हूं चला जाएगा बच्चा हम दो अकेले हैं ठीक है बच्चा हम लोग कबो घर में करेंगे लगाए हमने निकल रहे थे जाए इन तुम पा ना मेरी कोई पत्र देखे